honge I am and and and you are are watching vlogs in so So welcome to another review review vlog. vlog Aaj ki ki mein some different Ramzan decoration item and they are mainly consist of of of these these like small small lights and of lanterns. So first of all we come up with this small beautiful lantern. hai. Dusra हूँ समानीट एंड ऑफन सो फर्स्ट ऑफ कम अपॉलिफुल yahan par का है यहाँ पर मेरे hai. ये बिल्कुल सेम है सब में लाइट जो है तकरीबन बिल्कुल गोल्डन कलर की सेम लगी हुई है तो इसको साइड में रखते हैं नेक्स्ट आइटम हमारे पास आती है ये आप देखना माशा किस कदर खूबसूरत लग रहा है और आई थिंक ये अब सऊदीया के सऊदीया के अंदर ही निभा के दूसरी कंट्रीज में भी इस तरह जो चीज़ें हैं काफ़ी सारी होती हैं पाकिस्तान में भी तो इस तरह की जो है चीजें आ चुकी हैं क्योंकि रमज़ान स्टार्ट होने से पहले ही सोदिया से इम्पोर्ट कर ली जाती हैं मोस्ट ऑफ द थिंग्स आर मेड इन चाइना सो ऑब्वियसली पाकिस्तान में भी आ जाती होंगी तो इन सब चीज़ों के साथ मेरी इतनी ज्यादा बॉन्डिंग इसलिए क्योंकि बचपन से ही जब से रमज़ान स्टार्ट होने लगता है तो मैं इस तरह की जो है चीज़ें घर लाकर घर को डेकोरेट करता हूँ तो इन सब चीज़ों से मेरी बॉन्डिंग जो है काफ़ी अच्छी हो चुकी है सो so इन सब चीज़ों की प्राइस स्टार्ट होती है जस्ट फ्राम टू सूदियात एंड अपू हंड्रेड हंड्रेड एंड फिफ्टी सूदियात और मैटर करती है सिर्फ तीन चीज़ों पर इनके साइज़ पर इनके मटीरियल पर और इनके डिज़ाइन के ऊपर तो यहाँ ये मेरे पास एक लास्ट लास्ट्रेशन पीस बचा था जो यहाँ पर मैंने इसको डेकोरेट कर दिए है ये आप से। और यहाँ पर काफी खूबसूरत तो मैं हाजिर हुआ था आप लोग के लिए एक मुफरी इसी वीडियो लेकर तो उम्मीदें आप लोग को पसंद है करना ना बोले शेयर करेट्स और आप लोगों को भी रिकमेंड करूंगा इस तरह की जो है चीजें दाजी है इस तरह दो मजीदी वीडियो देखने के लिए फेसबुक और इंस्टाग्राम फॉलो करने लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा एंड थैंक्स फॉर वाचिंग गुड बाय